घर पर अचानक से कोई मित्र आज आपका इंतजार कर रहा है आ सकता है आज ऑफिस के किसी काम में आ रही बाधाओं को किसी सहकर्मी की मदद से सिंह राशि के जातक दूर करते हुए दिखाई पड़ रहे हैं स्वास्थ्य में अप्स डाउन जैसी स्थिति बनी रहेगी की, कोशिश कीजिएगा जंक फूड को आज अवॉइड करिएगा वाहन आज, आज आपको देखिए सावधानी पूर्वक चलाना रहेगा उपाय के तौर पर करना क्या रहेगा तो आज कोशिश कीजिएगा सरसों के तेल का दान धर्म स्थान पर आप करिए और आ दशरथ कृष्ण शनि स्त्रोत का आपको पाठ भी करना रहेगा शुभ कलर आपके लिए रहेगा रेड शुभ अंक आपके लिए रहेगा पांच